हेलो बच्चों तो कैसे हो आप सभी बच्चों हम एन की जो है ये एक सीरीज़ लेकर आए हैं आपके पास कक्षा छः कक्षा छः की जो इतिहास की जो पुस्तक है इसको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये जो क्लास है ये बच्चों के लिए भी उपयोगी है और जो आई आईपीएस यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं संघ लोक सेवा आयोग भारतीय सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसकी जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी तो इस वीडियो को जो है वो आपको एक बार देखना है क्लास एक बार लेनी है आपको अगर आपके समझ में आए तो आपको और भी जो क्लासें हैं वो हमारी जो क्लास है वो अटेंड करनी है धन्यवाद तो बच्चों ये एन की हिस्ट्री है और जो पुस्तक है वो है हमारा अतीत भाग फर्स्ट इसका चैप्टर जो है वो चैप्टर फर्स्ट है क्या कब कहाँ और कैसे ठीक है चैप्टर का जो नाम है चैप्टर का नाम है क्या कब कहाँ और कैसे ये चैप्टर है और हमारा अतीत भाग फर्स्ट जो है ये पुस्तक है आगे हम हमारा अतीत भाग सेकेंड भी पढ़ेंगे हमारा अतीत बाघ थर्ड भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे हम जो है आपको क्लास ट्वेल्थ तक जो एन है हिस्ट्री है वो करवाने वाले हैं ठीक है थीके? तो और इसके जो है आगे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे और जो नोट्स है वो भी आप हम आपको बताएंगे बोर्ड के माध्यम से बताएंगे तो इस जो ये क्लास है इसको आपको पूरी करनी है देखना है पूरी अच्छे तरीके से हम इसको आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं चलो शुरू करते हैं रसीदा का सवाल जो है वो बैठी थी और बैठकर अखबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुरख की पर पड़ी सौ साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था रसीदा जो है वो अखबार पढ़ रही थी और वह सोचने और विचारने लगी कि सौ साल पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जान सकते हैं हम कल के बारे में जान सकते हैं परसों के बारे में जान सकते हैं एक महीने बाद क्या हुआ था या एक महीने पहले क्या हुआ था ये जो है हम पता कर सकते हैं और एक साल पहले क्या क्या हुआ था ये भी हम पता कर सकते हैं लेकिन कई सौ वर्ष पहले क्या हुआ था हम कैसे जान सकते हैं बच्चों तो इसका जो पता है हम हम स्रोत के माध्यम से लगाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चों स्रोत जो है वो दो प्रकार के होते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। देखो कैसे पता लगाई यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम क्या कर सकते हो रेडियो सुन सकते हो क्या सुन सकते हो रेडियो सुन सकते हो टेलीविजन देख सकते हो टेलीविजन देख सकते हो अखबार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानी हम बूढ़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि सौ साल पहले क्या हुआ था लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जाता है यह आपके सामने प्रश्नचीन खड़ा होता है यहाँ पर तो यह आपको मैंने बता दिया है कि स्रोत के मानदेवी से जाना जाता है स्रोत जो है वो दो प्रकार के होते हैं पहले एक नंबर जो स्रोत है उसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत और दो नंबर जो स्रोत है उसको हम क्या कहते हैं साहित्यिक स्रोत अब आगे बढ़ेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है इसका हम आगे वर्णन जो है वो हम बताएंगे आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे टेंशन ना लो क्लास को पूरी अटैम्प्ट कर है समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या करते थे कहाँ रहते थे लोग कहाँ रहते थे कहाँ रहते थे क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे हम आकेटकों पशुपालकों आकेटकों आखेटकों पशुपालकों कर्षकों शासकों व्यापारियों पुरोहितों शिल्पकारों कलाकारों संगीतकारों तथा फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ क्या है हासिल कर सकते हैं ये नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे जैसे आज आप खेलते हो क्रिकेट खेलते हो है ना? नॉलीबॉल खेलते हो इस प्रकार के जो खेल थे वो क्या प्राचीन काल में यानी जो आरंभिक मानव थे वो खेलते थे तो ये हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं सोरी कौन से कहानियां सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे यहाँ पे क्या कहानी हम जो सुनते हैं कहानी हमारी दादी सुनाती है नानी सुनाती है क्या वो पहले भी सुनाती थी पहले की दादी नानी भी सुनाती थी कौन से नाटक देखा करते थे जिस प्रकार से हम यहाँ पे हम देखते हैं रामदीला देखते हैं यानी इस प्रकार के जो नाटक हम देखते हैं वर्तमान में क्या ये पहले भी होते थे तो ये भी हम इसमें जानने वाले हैं इतिहास यही है इतिहास जो है वो अतीत का हमें जो है अगर हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास जो इतिहास विषय में हम है वो बहुत ही कुछ जान सकते हैं ये जो क्लास है मैं बता देता हूँ ये जो क्लास है ये यू पी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यू के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हम यू के दस क्वेश्चन भी इसी क्लास के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं तो घबराए नहीं इस पर्सन इस ये जो चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे इसमें जितने भी पर्सन बनने वाले हैं वो हम अगली क्लास में देने वाले हैं वो भी नोट्स के माध्यम से ठीक है हम उनको पहले सॉल्व करवाएंगे फिर आपको एक अच्छा सा नोट्स बनाना है और ये लिख लेना है उसमें ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं लोग कहाँ रहते थे तो मैं आपको पहले ये पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बाद में आप नोट्स बना लेना ठीक है लिखते जाओ इसको मानचित्र एक पृष्ठ दो में नर्मदा नदी का पता लगाओ यहाँ पे एक नीचे मानचित्र दिया गया है उस मानचित्र में हमें जो है नर्मदा नदी का पता लगाना है नर्मदा नदी का पता लगाना है तो नर्मदा नदी जो है कहाँ पे है ठीक है इसमें नर्मदा नदी का हमें पता लगाना है नर्मदा नदी कहाँ पे गई यहाँ पे देख देखना कृष्ण महानदी है ये है यह, यहाँ पे नर्मदा नदी का हम पता लगाने वाले हैं कृष्ण नदी तुगभद्रा नदी सतपुरा तापत्ती नदी यहाँ पर देखो यह रही नर्मदा नदी ये नर्मदा नदी है अब आगे वो क्या बोल रहा है ये भी हम जानेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदी भी हम पढ़ेंगे इसमें जानो यहाँ पे चलो कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो कुशल संग्राहक थे जो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे उनमें कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे शिकार करते थे शिकार करते थे यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं जान लेते हैं पॉइंट है कि आरंभिक जो लोग है वो कहा रहते थे तो आरंभिक लोग है वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे नर्मदा नदी के किनारे रहते थे ठीक है आरंभिक लोग रहते थे आरंभिक लोग रहते थे नर्मदा नदी के किनारे और ये जो लोग थे वो कौन थे कुशल संग्राह थे कुल संग्राहक थे और ये कुशल जो संग्राहक थे ये जो लोग थे वो जंगल से परिचित थे और भोजन के रूप में जो है वो जड़ फल फूल आदि का जो है वो खाने के लिए उपयोग करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे जैसे यहाँ पे लिखा गया है जानवरों का शिकार भी करते थे जानवरों का शिकार यहाँ पे आखेड़ जो सबद है आखेड़ एक शबद है आखेड़ जो सबद है उसका जो तात्पर्य है वो है शिकार करना यहाँ पे पूछा जाता है कभी साधारण शब्द ना दिया और आखेड़ दिया हो तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये आखेड़ होता क्या है तो आखेड़ का जो अर्थ है वो शिकार करना होता है ठीक है आगे चलते हैं अब तुम तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों का पता लगाओ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे इस स्थान है जहाँ लगभग आठ वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा तो जो जैसी प्रश्नों को उपचाना आरम्भ किया उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को फालतू बनाना शुरू किया एक लोग गाँव में रहते थे उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत में विद्यान पहाड़ियां जो विद्यान पहाड़ियों का पता लगा हुआ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था सबसे पहले चावल में चला गया स्थान विधेयन के उत्तर में थे यहाँ पे देखो ये क्या कहना चाहता है ये कहना गया चाहता है यहाँ पे उत्तर पश्चिमी उत्तर में कितर तथा सुलेमान की पहाड़िया सुलेमान की पहाड़िया उत्तर में ये जो पहाड़ियाँ हैं ये वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है ठीक है यहाँ पे क्या हुआ था कि 8000 वर्ष पूर्व है और जो उपजाना आरंभ हुआ था और गाय और भेड़ गाय और भेड़, गाय और भेड़ जैसी गाय भेड़ बकरी को जो फालतू बनाना शुरू कर दिया गया था ठीक है ये इसमें मेन चीज है मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाली है यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विधेयन फाड़ियों का पता लगा इस चित्र में हम देखेंगे उत्तर पूर्व में विधेयन तथा मध्य भारत में विधेयन फाड़िया यहाँ पे देखो पहले इसके बारे में पढ़ पढ़े थे फिर हम देखेंगे सुलेमान और विद्यन की भी देखेंगे ठीक है हाँ ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ क्या हुआ था कृषि का विकास हुआ था कृषि का विकास कहाँ हुआ था उत्तर में विद्यन तथा मध्य भारत में विद्यन पहाड़ियों का पता लगा हुआ पे कृषि का विकास हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था कृषि का विकास हुआ था जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया और जहाँ चावल उपजाया गया था वो स्थान था कोल्डी हवा कोल्डी हवा था जो विध्यन के उत्तर में स्थित था विध्यन के उत्तर में स्थित था ठीक है? मानचित्र प्रचिता था जिसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो सिंधु इसकी सहायक नदियाँ तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर मानचित्र के माध्यम से हम विस्तृत अध्ययन करेंगे सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है लगभग सैंतालीस वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है लगभग पैंतीस वर्ष पूर्व हुआ तो चलो हम एक बार जो है चैप्टर चेप, को जो है वो शुरू कर दिया है तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है सुलेमान और कितर की फाड़ियाँ जो है उनको देखने का प्रयास करेंगे ये रही कितर की फाड़ी और ये रही सुलेमान की फाड़ी तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ था एक मिनट में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ये तो रही खतर की पहाड़ी ये रही सुलेमान की पहाड़ी यहाँ क्या हुआ था यहाँ जो है वो आठ हजार वर्ष पूर्व है गेहूँ और जो उपचार वर्ष पूर्व और गाय भेड़ बकरी जो है इनको फालतू बनाना शुरू कर दिया था यानी जो लोग थे वो गाय भेड़ बकरी इनसे जो है वो दूध मांस और जो है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जाने और ले जाने आने का भी प्रयोग करते थे ठीक है फिर है यहाँ पर आपकी एक एक आई थी आपकी उत्तर पूर्व में गारोह तथा मध्य वार्त में विध्यन पहाड़ियां यहाँ पे जो है ये उत्तर है और ये पूर्व है अब यहाँ पे विध्यन पहाड़ियों कौन सी है तो यहाँ पे देखना गारोह तथा मध्य वार्त में उत्तर पूर्व में गारो यहाँ पे देखना ये तो है गारो तुछ तुछ तुछ तुछ तुछ और ये है विधेयन पहाड़िया यहाँ पे विधेयन पहाड़िया है यहाँ पे जो तो है यहाँ पे क्या हुआ था कृषि का विकास हुआ था क्या हुआ था कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले जो है वो चावल उपजाया गया चावल उपजाया गया चावल जो है वो विधेयन के उत्तर में उपजाया गया विधेयन के जो है ये विधेयन है ये उत्तर दिशा है और इस उत्तर दिशा में जो एक स्थान है जिसका नाम है कोल्डी हवा कोल्डी हवा में जो है वो चावल उपजाया गया फिर आगे जो दिया गया था वो नर्मदा नदी के बारे में दिया गया था कि नर्मदा नदी की सहायक नदियों का पता लगाओ तो यहाँ पे नर्मदा नदी को हम खोजने का प्रयास करते हैं सबसे पहले चित्र में यहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ पे तो यहाँ पर जो है पता नदी है ये रही नर्मदा नदी नर्मदा नदी आपको पता है कि यहाँ से निकल निकलती ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है अब यहाँ पे जो नर्मदा नदी है इसकी एक मिनट सबसे पहले उसमें दिया गया क्या था चैप्टर में क्या दिया गया था नर्मदा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है यहाँ पे जो है यहाँ के जो लोग थे वो जंगल से परिचित थे और कुशल संग्राहक थे आर्मी एक लोग थे भोजन जड़ फल और आखिर यानी चांदों का शिकार भी करते थे तो यहाँ पे हम मानचित्र पर यह देखा ये था वो मानचित्र पर हम नर्मदा नदी बोल रहे थे इसको नर्मदा नदी नहीं है सिंधु नदी है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है ठीक है तो मानचित्र तो पर जो है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी है कौन सी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पे ये यह जो नदी है ये सिंधु नदी है ये जो नदी है ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो है चेलम चेनाब रावी और सतलज ठीक है ये जो नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदी है और सायक नदी किसे कहते हैं वह नदी या वह नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है उसे सायक नदी कहती हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था सैतालीस वर्ष पूर्व यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे साइकिल नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है आपको मैंने बता दिया लगभग सैंतालीस वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर फले हुए फूले कितने वर्ष पहले बच्चों सैंतालीस वर्ष पूर्व यहाँ पे इसको जो है वो अंडरलाइन कर लेना आपको ये जो ये जो हिस्सा है इसको अंडरलाइन कर लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है के बड़ी नदी में किनारे और और वर्ष पूर्व जो है विकास हुआ था पच्चीस नगरों का विकास हुआ था गंगा इसकी नदी सोन का पता लगाओ या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आपको नोरंदा नदी के बारे में चित्र और विदेन की पहाड़ियाँ और गारों की पहाड़ियाँ इनका पता लग गया मानचित्र के माध्यम से भी आपको बता दिया गया है तो चलो हम गंगा नदी के बारे में बिस्तर अध्ययन करते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मग्ध यानी वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था इसके जो शासक थे वो बहुत ही शक्ति थे शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी लोगों ने सदैव उपमहादेव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की तभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पहाड़ियों रेगिस्तान नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले व्यापारी कभी जो है काफिले में, में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे धार्मिक गुरु जो है वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे कुछ लोग जो है वो नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाहे में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था ठीक है तो यहाँ पे देखो ये कहना क्या जाता है हमें सबसे पहले गंगा था, था इसकी सहायक नदी यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसमें जाने वाले हैं गंगा तथा गंगा की सहायक जो नदी है वो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी हमें सोन का पता लगाना है तो सबसे पहले जो है वो गंगा नदी ये है यहाँ पे हिमालय से गंगा नदी निकल रही है आपको पता है और हिमालय से निकलती हुई ये गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है अब यहाँ पे जो सोन नदी है यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यास नदी का भी ध्यान रखना है व्यास नदी जस्ट यहाँ पर गंगा की उत्तर और पश्चिम से निकल रही है यहाँ पे जो है गंगा के पश्चिम से यमुना नदी निकल रही है यहाँ पे व्यास नहीं है यमुना है और यहाँ पे जो है चंबल नदी भी निकल रही है और यहाँ पे जो है वो सोन नदी है ये जो नदी है ये सोन नदी है और सोन नदी के किनारे एक साम्राज्य था जिसका नाम था मग्ध क्या नाम था मग्ध नाम था और जो मगध है वो वर्तमान बिहार में है सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास जो जगह है वो बहुत ही कम है तो हम ना पूरा नहीं लिख रहे हैं तो ये आपको लिख लेना है ठीक है तो यहाँ पे एक साम्राज्य था मध्य जो वर्तमान बिहार में है और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे शक्तिशाली क्यों थे क्योंकि नदियों के किनारे रहते थे जमीन उपजाऊ थी तो किसी जो किसी भी संसाधन की उनको कमी महसूस नहीं होती थी ठीक है और यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मापुत्र नदी भी यहाँ पे आकर गंगा नदी में मिल रही है और ये गारो की पहाड़ी आपने पढ़ लिया है गारो तथा विदेन पहाड़ियाँ यहाँ पे कच्छ का विकास हुआ था ये आपने पढ़ लिया है ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं ठीक है ठेके? ये कितन की पहाड़ियाँ सुलेमान और किर्तन की पहाड़ियाँ है। हैं यहाँ पर आपने पढ़ा था कि क्या हुआ था और फिर यहाँ पर और कुछ विशेष नहीं है चलो आगे चलते हैं पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है आज लोग यात्रा कैसे करते हैं तो ये कोई विशेष नहीं है इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आपको पता है कि आज के ज़माने में वो यात्रा कैसे करते हैं ठीक है देश का नाम जो है वो इंडिया कैसे पढ़ा या देश का नाम भारत कैसे पढ़ा ये हम देखने वाले हैं ठीक है अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा बाहर जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है इंडस से निकला है इंडिया जो शब्द है यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये पूरा जो पैराग्राफ है ये ही ये पूरा पैराग्राफ ये जो पूरा यहाँ पे लेख लिखा गया है ये बहुत ही उपयोगी है तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन अंडरलाइन कर देता हूँ अपने देश के लिए हम रहे इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं क्या करते हैं इंडिया इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत देश के नाम से इसका प्रयोग करते हैं इंडिया सब जो किससे निकला इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में शिंदु कहते हैं अपने एयरटेल में ईरान और यूनान का पता लगा तो सबसे पहले यह देखो ये भारत है यहाँ पे फिर ये पाकिस्तान आ जाएगा यह अफ़ग़ानिस्तान आ जाएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो यहाँ पर जो ये एरिया है ये मान लो कि ये पाकिस्तान का हो गया ये पाकिस्तान का एरिया ये अफ़ग़ानिस्तान का ये जो है ईरान है और यहाँ पे यूनान जो है यहाँ पे ये तुर्की हो गया और यहाँ पे यूक्रेन हो गया और यहाँ पर ये ये जो है ये यूनान हो गया और नीचे भी कुछ देश हैं तो ये आपको मैप के माध्यम से आपको पता लगा लेना है ठीक है वापिस मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे इतनी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो जेपर उसको खत्म करने में लगभग लग दो दिन लग जाएंगे हमें लगभग पच्चीस सौ वर्ष पूर्व है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस सिंधु को इन्होंने क्या कहा जो सिंधु नदी थी उसको हिंदोस तथा इंदोस अथवा इंदौर और इस नदी के पूर्व में यानी ये जो नदी है इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को जो है वो तो इंडिया कहा आई इंडिया इंडिया कहा इंडिया कहा, इंडिया कहा आगे, भरत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था किसके लिए किया जाता था समूह के लिए किया जाता था समूह के लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग इस समूह का जो उल्लेख है उल्लेख जो है वो संस्कृत की आरंभिक कृति है ऋग्वेद ऋग्वेद में मिलता है बाद में इसका जो प्रयोग है वो देश के लिए होने लगा तो ये खहना क्या चाहता है इसको हम विस्तार से एक बार और देख लेते हैं ये आपको लिख लेना कॉपी में ताकि कभी और कोई दूसरी क्लास आपको एन से संबंधित नहीं लेनी पड़े ये क्लास जो है हम तो आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि आर एस जो पीसीएस की तैयारी करते हैं जैसे राजस्थान पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस बिहार पीसीएस तो उनके लिए भी एक जो क्लास है वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी और यहाँ से ही आपके जो बेसिक नोट्स है वो बनाने आपको शुरू कर देने चाहिए तो यहां पे जो ये दिया गया है देश का नाम तो यहां पर देखो एक तो आपने आप आपने पढ़ा होगा इसमें इंडिया आई एन डी आई इंडिया इंडिया नाम किससे पढ़ा जो इंडिया है ये आपने पढ़ा था कि इंडस से निकला है किससे निकला है इंडस से निकला है और संस्कृत में संस्कृत में इसको क्या कहते है? हैं सिंदु कहते हैं ठीक है संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं हाँ संस्कृत में इसको कहते हैं सिंदू इंड से निकला है इंडिया संस्कृत में इसको सिंदु कहते हैं।, हैं।, हैं तो यहाँ पे पच्चीस वर्ष पूर्व है उत्तर पश्चिम में पश्चिम की ओर से आने वाले उत्तर और ये भारत था और यहाँ से उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी थे एक तो ईरानी थे और एक यूनानी थे यूनानियों ने सिंधु को सिंधु को क्या कहा, शिंदू को, शिंदू को, शिंदू को कहा क्या कहा सिंधु को सिंधु को सिंधु को इन्होंने हिंदोज कहा हिंदोज अथवा इंदोज कहा और इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था ये जो नदी है हम एक बार अगर मानचित्र में चले जाएंगे तो हमें बहुत ही जो है वो जानकारी बहुत विशेष मिलेगी तो ये मानचित्र है यहाँ पर हम जाने वाले हैं यहाँ पे सिंधु नदी कहाँ पे है इसको हम एक बार मिटा देते हैं इसको यहाँ से मिटा देते हैं ठीक है ये जो है ये नदी है सिंधु नदी ठीक है ये सिंधु नदी है तो वो पूछ रहा था कि इंडिया आई एंडिया ये इंडिया जो है वो इंडस से निकला है किसे निकला है इंडस से और संस्कृत में इसको कहते हैं सिंधु संस्कृत में इसको कहते हैं सिंधु कहते हैं तो पच्चीस वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से पच्चीस वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से पच्चीस वर्ष पूर्व जो है पच्चीस वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी तथा यूनानी ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस ये जो नदी है इसको इन्होंने हिंदोस अथवा इंदौस कहा और इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था ये जो नदी है ये जो पूर्व में जो ये स्थान है ये जो इलाका है इसको इन्होंने क्या नाम दिया इंडिया नाम दिया इंडिया नाम दिया वहां पे आगे एक और चीज दी गई है कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा भारत नाम कैसे पड़ा देश का भारत नाम कैसे पड़ा भारत का जो नाम भारत देश का भारत नाम कैसे पड़ा भारत भारत नाम कैसे पढ़ा ठीक है भारत नाम कैसे पढ़ा भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है ये तो उत्तर दिशा है ये आपको बताती है कि ये उत्तर दिशा है ये उत्तर दिशा है है ना और यहाँ पे जो है ये पश्चिम दिशा है तो यहाँ पे जो है उत्तर और पश्चिम यहाँ पे जो लोग रहते थे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो लोग है एक मिनट सॉरी क्या यार क्या हो गया हाँ यहाँ पर जो लोग रहते थे यहाँ पर जो लोग रहते थे उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था यानी इस इलाके में जो लोग रहते थे उनके लिए जो है वो नाम का प्रयोग किया जाता था, किस नाम का भरत नाम का प्रयोग किया जाता था और इसका जो उल्लेख है वो हमें 3500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में मिलता है और बाद में जो है इसका जो उपयोग है किसके नाम से हो रहा है वर्तमान में इसका प्रयोग देश के नाम से होने लगा चलो नीचे चलते हैं वापस इंडिया कैसे बड़ा यहाँ पे देखो आपने ये पढ़ा यह आपको बताया इस समूह का उल्लेख जो संस्कृति की आरंभ करती ऋग्वेद में मिलता है इसका बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा ये यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया आपको नीचे दिया गया ये रहा ये राह ठीक है ये एक पांडुलिपि है तो पांडुलिपि जो है पांडुलिपि ये पांडुलिपि जो है पे एक टॉप पॉइंट था आपके अतीत का पता अतीत के बारे में या अतीत का पता कैसे लगाएं या अतीत के बारे में कैसे जाने यानी हाथ से लिखी जो पुस्तके होती थी हाथ से लिखी जो पुस्तकें होती थी उनको क्या कहते थे पांडुलिपि कहते थे, क्या कहते थे हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते थे और पांडुलिपि जो है वो एक साहित्य है पांडुलिपि क्या है पांडुलिपि एक साहित्य पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त शब्द है पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त शब्द है पांडुलिपि के लिए जो यहाँ पे में से कुछ खास तो नहीं है लेकिन हम मैं इसको ऐसे बता देता हूँ आपको पांडवलिपि के लिए जो प्रयुक्त जो शब्द है वह मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द है लेटिन शब्द मेनू है जिसका अर्थ क्या है जिसका अर्थ है हाथ क्या है जिसका अर्थ हाथ है से निकला है यह पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुरुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी पांडुलिपि आपने देख देख रहे हो इसको इतने वर्षों में इतमी से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है प्राय यह पाण्डविपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व्यवहार और राजाओं के जीवन औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं तथा नाटक भी है इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत में और तमिल में है पराकृत भाषा का जो प्रयोग है वो आम लोग करते थे पराकृत भाषा का लोग जो प्रयोग है वो आम लोग बोलने के लिए करते थे हम तो अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पांडुलिपि के बारे में थोड़ा बहुत और थो जान लेते हैं आपको यहाँ पे ये चल नहीं रहा है थोड़ा आगे ले लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे इसको वापिस हम मिटा देते हैं एक बार इसको हम वापिस मिटा देते हैं विस्तार से हम पढ़ाने वाले हैं आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हम इस चैप्टर में छोड़ देंगे ठीक है मिटाने में भी हमें यार बहुत टाइम लग रहा है सॉरी पांडुलिपि पांडुलिपि पांडुलिपि के लिए हम जो समय वो भी प्रयुक्त करेंगे पाण्डुलिपि के लिए ये पांडव है पांडुलिपि जो है आपको बता दें कि ये एक जो है वो साहित्य है पांडुलिपि क्या है पांडवलिपि एक साहित्य है और ये जो है वो हाथ से लिखी जाती थी हाथ से लिखी जाती थी पाण्डोलिपि हाथ से लिखी जाती थी और पांडवलिपि के लिए जो प्रयुक्त शब्द है अंग्रेजी का मेन्यूस्क्रिप्ट मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द है और ये एक लेटिन शब्द है क्या है लेटिन शब्द है लेटिन शब्द है मेनू क्या है लेटिन शब्द मेनू है लेटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ जिसका अर्थ हाथ है लेटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ जो है वो हाथ है पांडुलिपि अब यहाँ पे देखो पांडु ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी तो हिमालय क्षेत्र में जो है वो एक पौधा होता था जिसको नाम दिया गया भ्रुज भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार की जाती थी विशेष प्रकार से तैयार विशेष प्रकार से तैयार की जाने वाली भोजपुत्र भोजपुत्र पर जो है ये पांडुलिपि लिखी जाती थी और ये जो है ये पांडुलिपि जो है आपको मंदिरों विहारों मंदिरों मंदिरों और विहारों मठों आते में देखने को मिलेगी यहाँ पे जो मंदिरों और विहारों से जो प्राप्त पाण्डुलिपि है वो धार्मिक मान्यताओं व्यावहार राजाओं जीवन औषि विज्ञान आदि की जो चर्चा है वो इस पांडु लिपि मिलती है आपको इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो महाकाव्य और कविताएं हैं वो भी हमारे को देखने को मिलती है कई जो महाकाव्य और कविताएं वो संस्कृति में लिखी गई थी और कई जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है प्राकृतिक भाषाएँ तमिल भाषा में मिलती है हमारे को प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो आम लोग बोलचाल के लिए करते थे इसे वर्तमान में हिंदी का प्रयोग जो है वो हम साधारण भाषा के रूप में करते हैं और हमारी राष्ट्रभाषा भी है तो उस प्रकार से प्राचीन जो मानव थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो बहुत आय से करते थे हर एक क्षेत्र में करते थे ठीक है यहाँ पे नीचे चलते हैं ये इसके बारे में हमने जान लिया है इससे कोई खास नहीं है यहाँ पे थोड़ा बहुत अभिलेख अभिलेख अभिलेख के बारे में दिया गया है तो अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों अभिलेख जो है तामर पत्थर तामरपट पत, सॉरी तामरपट पत्थर आधे पर जो खुदा हुआ जो लेख है वो अभिलेख कहलाता है, है। आधे पर जो खुदा हुआ लेख है वो अभिलेख कहलाता है, है और भारत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है बोगोज कोई अभिलेख ये चौदह सौ इस पूर्व पुराना है चौदह सौ वर्ष पुराना है और ये मध्य एशिया से मिला है ये जो अभिलेख है ये मध्य एशिया से मिला है यहाँ पे आप जो है वो कुछ मरिदाट भी देख रहे होंगे इसमें और कुछ नए अभिलेख के बारे में हमने बता दिया आपको ये एक जो अभिलेख मिला था पे देखो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र इस तरह के पात्रों का प्रयोग यहाँ पे जो मृत पांड है ये देखो आप देख रहे होंगी। ये ये जो आप देख रहे हैं ये मृत बांड है ये कितना पुराना है तो ये जो है ये सैंतालीस वर्ष पुराना है सैंतालीस वर्ष पुराना मृत भांड है ये इस तरह के ये ये तो नहीं है पुराना ये तो अभी का है लेकिन इस प्रकार की जो कलर पेंटिंग है ये सैतालीस वर्ष पूर्व जो है इसी इसी मृत बनाए जाते थे इसे हमें कुछ से मिले हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो ये कुछ सिक्के हैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ये सिक्के हैं इन पे जो है आपको पशुओं के चित्र देखने को भी मिल रहे होंगे ये देखो ये पशु है पशुओं के चित्र जो है वो खोते हुए मिलते हैं आपको नोट यहाँ पे देखो अगर इन सिक्कों की और हमारे वर्तमान में जो सिक्के प्रचलित है एक रुपये के दो रुपए के पाँच रुपए के दस रुपए के जितने भी ये सिक्के हैं का सिक्का है ना तो इन पर जो है हमारे को चित्र भी मिलेंगे और लिपि भी मिलेगी लेकिन इन सिक्कों पर हम केवल जो है वो यहाँ पे पशु के चित्र ही देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे लिपि किसी भी प्रकार की लिपि हमें देखने को नहीं मिल रही है और ये बात जो है वो कितनी पुरानी है तो ये बात जो है वो सैतालीस वर्ष पूर्व की एक बात है ठीक है यहाँ पे कुछ इसमें कुछ विशेष नहीं है इसको आप छोड़ सकते हो चाहो तो क्योंकि इसमें कुछ विशेष नहीं बताया गया यहाँ पे अगर आप अगर आपको ज़्यादा गहन चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हो वैसे इसमें कुछ कोई खास नहीं है ठीक है तो इसको हम छोड़ देते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं क्या पुरातत्व में तो को बहुता कपड़ों के अवशेष मिले हैं किस चीज़ के कपड़ों के अवशेष मिले हैं पुरातत्वों को यहाँ पे देखो पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से गया तो जानकारियों के लिए इतिहासकार पहले सरोज शब्द का प्रयोग करते थे स्रोत शब्द का जो प्रयोग है वो इतिहासकार पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से गया जानकारियों के लिए इतिहासकार सरोज शब्द का प्रयोग करते थे इतिहासकार उन्हें कहते हैं इतिहासकार किसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं अतीत का अध्ययन करते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो है इसमें कोई ख़ास नहीं है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं अतः इतिहास तथा इतिहासकार तथा पुरातत्वित तो उन जस की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं इसमें कोई खास नहीं है इसको आप जो है यहाँ तक जो है यहाँ तक इसको आप छोड़ सकते हो इसको कोई इसमें कोई कुछ विशेष नहीं है ठीक है अतीत एक या अनेक ठीक है तो ये जो चीज है ये भी हमें वैसे एक बार पढ़ लेते हैं इसमें कोई खास तो नहीं है वैसे कुछ विशेष नहीं है इसमें लेकिन पढ़ लेते हैं क्या तो उन्हें इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है जो प्रयोग है।, है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मान्य उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कछुओं का जीवन जो राजाओं तथा रानियों के जीवन में से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्नता जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़ कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं ये तो आपको पता है कि जो लोग जो है वो समुद्र के आस रहेंगे उन मछली तो उनके लिए जो है वो भोजन का अधिन अंग रहेगा जिस प्रकार से हमारे जो राजस्थान है जो राजस्थान है वहाँ पे जो है वो समुद्री इलाका देखने को आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे मछली कहाँ से आएगी बताओ अब वो लोग जो है वो झील के आसपास रहते हैं तो उनको तो मछली मिल जाएगी लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वहाँ पे जो है वो नदी आदि आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो मछली आएगी कहाँ से तो वो लोग जाओ गेहूँ जो, जो आदि का प्रयोग करेंगे करेंगे ठीक है ठीक है आगे चलते हैं इसके तरीके तो एक अन्य तरह का वेद है यहाँ पे कुछ खास नहीं है ये अगर आप आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आप आपको मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप जो है वो ज़्यादा गहराई में जाने की आपको आवश्यकता आप नहीं है इतना ज्ञान हमें कुछ नहीं करना है ठीक यह नहीं पूछा जाता आपको ठीक है तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको मैं सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरलाइन नहीं हुई वापस एक बार कोशिश करता हूँ देखे हो जाए तो ये चलो अंडरलाइन हो गई है इतनी अंडरलाइन बहुत है ठीक है अगर कोई तुमसे टिटी के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख माह वर्ष जैसे कि दो सौ या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म तिथि से की जाती है की की तिथि से जन्म के दो हजार इस समस्या के जन्म के पूर्व की सभी तिथिया इस पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती है इस पुस्तक में हम दो हजार को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे ठीक है हम जो हमारा जो साल चल रहा है वो दो हजार है ना अब अब क्या चल रहा है? दो हजार इक्कीस से तो चल रहा है तो दो हजार ही मानेंगे है ना और इस साल का जन्म हुआ था एक मान लो कि एक ईस्वी में यानी जीरो से यहाँ से ईस्सा का जो जन्म हुआ था जन्म हुआ था वो जीरो से एक यहाँ पे का, एक को जन्म हुआ था तो एक से लेकर यहाँ पर 2023 तक कितना कितने वर्ष हो गए ईस्सा के जन्म को तो आप जो है वो अनुमान लगा सकते हो 2023 वर्ष हो चुके हैं ठीक है यहाँ पे यहाँ पे इसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे सबसे पहले इसका जान लेते हैं इसको जान लेते हैं इतिहास और दीह अंग्रेजी में इसको मैं थोड़ा सा बटा कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बटा कर लेता हूँ इसको बस इतना यहाँ पे देखो अंग्रेजी में बी सी हिंदी में इस बिफोर क्राइस्ट है जो कि इस पूर्व होता है क्या होता है इस पूर्व होता है कभी कभी तुम कहते से पहले एडी हिंदी में इन लिखा पाते हो यानी यानी यहाँ पे हम हम पढ़ते हैं कि 205 सौ पांच में 205 सौ पांच देखते हैं हम देखते हैं ना 205 सौ पांच तो इसका जो अर्थ है एडी इसको हिंदी में कहते हैं एडी इसको कहते हैं एनो डोमिनियन ठीक है क्या कहते हैं इसको एनोडोमिनी कहते हैं हिंदी में एडी को एनोडोमिनी और हिंदी में कहते हैं इसको ईसवी इस सन ठीक है एनोडोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना इसका तात्पर्य इस समस्या के जन्म के वर्ष से है इस समस्या के जन्म के वर्ष से है ठीक है कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई सी का प्रयोग होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे एडी ए की जगह जो है सी ई सी ई का जो अर्थ है वो है कॉमन एरा सी ई का मतलब क्या है कॉमन एरा और बी सी ई का बी सी की जगह जो है हमारे को देखने को मिलता है बी सी ई बी सी का मतलब बी सी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा ठीक है सीई अक्सरों का प्रयोग जो कॉमन एरा था बी सी ई का प्रयोग जो बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है हम इन शब्दों का प्रयोग जो इसलिए करते हैं हम इन शब्दों का प्रयोग जो है हम इन शब्दों का प्रयोग किस करते हैं कॉमन एरा था यहाँ पे देखो हम इस इससे लिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है यानी पूरे वर्ल्ड में इस कैलेंडर का ही प्रयोग किया जाता है सामान्य हो गया है भारत में तेतियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 साल वर्ष पूर्व माना जाता है कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्व और पर्जेट पर वर्तमान से पहले प्रश्न तीन पर दो तीतियाँ उनका पता लगाओ इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे यहाँ पे प्रश्न तीन पर पे जो तिथियाँ दी गई है यहाँ पे ये यह जो तीतियाँ पाँच हजार वर्ष पूर्व है यानी इसके लिए जो है हम जो प्रयोग करेंगे वो पाँच हजार वर्ष पूर्व है यानी इसमें यहाँ पे हम जो है वो बीस का प्रयोग करेंगे बिफोर क्राइस्ट यानी इस पूर्व का प्रयोग करेंगे और अगर पाँच हजार वर्ष बाद अगर होता तो हम यहाँ पे जो है वो ए का प्रयोग करते हिंदी इस में इसको कहते हैं इस पी सन ठीक है ये आपको एक सामान्य चीज थी जो कि बताइए वापिस तो हम चलते हैं ऊपर यहाँ पे देखो कभी कभी आपको बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका सात्व्य क्या है बेफोर परजेंट है क्या है है एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं वापस रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर ले छोटा कोवर ले लेते हैं स्क्वायर पेन पे ये क्या हो गया एक, हाँ, हाँ चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे देखो बीससी बीसी को आपको पता है बीससी की जो फुल फॉरम है बेपोर क्रैश बीई एप ओर B E F बी ई एफ आर बिफोर सी ए आर ए आई एस टी ए बिफोर क्राइस्ट हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व हिंदी में क्या कहते हैं इसको ईसा पूर्व कहते हैं ठीक है यानी ईसा के जन्म यहाँ पे ये मालू ईसा का जन्म हुआ था और ये ईसा के जन्म के पहले है और ये बाद है तो यहाँ पे ईसा पूर्व आएगा ठीक है मैं आगे और बता दूंगा इसके बारे में यहाँ पर एक बार इसका हम मारते हैं फिर है फिर आया एक ए टी से बताया ए को जो है वो इंग्लिश में हम कहते हैं एनो ओ डोमिनी ए एन ओ एन ओ डी ओ एम आई एन ओ डोमिनी ठीक है डी ओ एम आई एन आई डोमिनी ये इसका जो संबंध है वो ईस्व के जन्म से है और इसको जो है ईस्वी ईस्वी सन कहते हैं या इसी इस यहाँ पे सामान्य शब्द में इसका जो प्रयोग है वो इक के रूप में हम करते हैं जैसे पाँच सौ इस ठीक है पे पे एक चीज आपको और देखने को मिली थी पे बी सी, जो है सी और ई का प्रयोग करते हैं बी सी की जगह बी सी और ई का प्रयोग करते हैं यहाँ पे बी सी का आपको पता है कि बेफोर क्राइस्ट है और बी सी यहाँ पे बेफोर यहाँ पे हो जाएगा कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं वो एक था सी ई -E. यहाँ पे एक आपने देखा था सी और ई सी ई का जो प्रयोग है वो नहीं नहीं सॉरी यहाँ पे टोटल सामिस्टेक हो गया था यहाँ पे ए है ए एडी का जो प्रयोग है वो सीई के रूप में करते हैं और इसका जो तात्पर्य वो है वो है कॉमन एरा सीई को कहते हैं हम कॉमन एरा कभी कभी एडी को हम जो है वो सी ई लिखते हुए देखते हैं किसी किसी किताबों में किसी किसी देश विदेश में ठीक है कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको वैसे हमारे तो यहाँ पे इंग्लिश में बी और ए देखने को मिलेगा और हिंदी में जो इस सब और इस विषय नहीं आपको देखने को मिलेगा और एक शब्द जो है आया था आपको बीपी बीपी का जो अर्थ है वो बेफोर प्रजेंट बेफोर प्रजेंट है बी एफ ओ आर बेफोर पी आर ई एस ई एन टी बेफोर प्रजेंट और इसका जो संबंध है वो वर्तमान से पहले यानी वर्तमान से वर्तमान से पहले वर्तमान से पहले, पहले यानी आज हम चल रहे हैं वो वर्तमान है, इस वर्तमान से पहले का जिसमें उसको बीपी कहते हैं बीपी का प्रयोग करते हैं कहते हैं और करते हैं ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको और जान लेते हैं हम ऊपर चलते हैं तिथि का मतलब यानी ईस्सा पूर्व और ईस्वी है क्या कहा से शुरू होता है यानी बात का समय क्या है ईस्सा पूर्व क्यों कहते हैं और ईस्वी सन क्यों कहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये जो है ये ईस्सा का जन्म हुआ था एक ईस्वी में कब हुआ था एक ईस्वी में ईसा का जन्म हुआ था यहाँ पे जीरो से एक ईस्वी पे ईस् का जन्म हुआ था तो ये जो समय है ये ईस्सा के जन्म के बाद का समय है और ये जो समय है ये ईसा के जन्म से पहले का समय है जो पहले का जो समय है उसको हम जो है बीसी कहेंगे और इसको जो बाद का समय इसको हम एडी कहेंगे ठीक है बीसी को आपको पता है कि बेपोर क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व और एडी हिंदी में इसको कहते हैं ईस्वी इस भी सन इस भी सन कहते हैं ठीक है यहाँ पे ये बाद का समय ईसा के जन्म के बाद का समय को ईसवी सन कहते हैं और ये पहले का समय है जैसे जैसे ये ईसा का जन्म है यहाँ पर अगर वर्तमान की हम तुलना करेंगे यहाँ पे देखना जैसे दो सौ पांच ईस्सा पूर्व ये ईस्सा के दो पांच वर्ष पूर्व की घटना है दो पांच वर्ष पूर्व अब यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है दो तो छो पे जो है वो छोटा जो हो जाएगा वो दो होगा और बड़ा ये जो है वैसे अगर देखा जाए तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा अब ये गिनती जो है वो उल्टी होगी पे देखो हो है। यहां पे एक है, यहां पे दो है यहां पे तीन है। ये गिनती होगी, ठीक है ये उल्टी होगी जैसे हम हमें देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो जन्म होता है पांच सौ चौसठ ईस्सा पूर्व में मृत्यु जो हुई थी उसकी वो हुई थी चार सौ अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा लेकिन ये जो ईस्सा पूर्व है ये इसकी गिनती जो है वो उल्टी होती है अंडू इसकी गिनती जो है वो उल्टी होती है तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका अध्ययन जो है आगे हम विस्तृत रूप से करेंगे और एक इसी यहाँ पे जो है तिथियों का एक हम विशेष प्रकार से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा इसका अर्थ जो है वो पूरा समझा देंगे चलो शुरू आगे आगे चलते हैं यहाँ पर पार्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर एक घंटे का हो गया है चलो आगे चलते हैं यहाँ पे इसमें ये कोई इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पे मिस्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है तो इसको अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो ठीक है चलो आगे चलते हैं इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखो आपको कल्पना करनी है तुम्हें एक पुरातत्व तुम विविध का साक्षात्कार लेना है तुम उन पाँच प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्व से पूछना चाहो कि उपयोगी शब्द यहाँ पे उपयोग की सबदा कुछ यात्रा है पाण्डुलिपि है अभिलेख है पुरातत्व है इतिहासकार है स्रोत है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना यह आपको बता दिया है पांडुलिपि का अर्थ आपको बता दिया है यहाँ पे जो है यात्रा के बारे में आपको बताया नहीं गया था लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं अभिलेख का आप का अर्थ बता दिया है पुरातत्व क्या कहते हैं पुरातत्व है क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया है और इतिहासकार किसे कहते हैं और स्रोत किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया है स्रोत जो है स्रोत, स्रोत स्रोत स्रोत स्रोत। आपको पता है कि जो है कि जो जो जो वो दो प्रकार के होते हैं, हैं हैं। एक एक तो और इतिहासकार इतिहासकार जो जो का अध्ययन करते उसे कहते पांडोली भी आपको बता दिया अभिलेख भी आपको बता दिया पुरातत्व यानी वह स्थान जहा से कुछ हमें पुरातत्व किसे कहते हैं कुछ पुराने से कुछ विशेष प्रकार के आइटम वगैरह हमको मिलते हैं ठीक है यहाँ पे जो है सम्मिलित करना है नर्मदा घाटी वक्त है यहाँ पे देखो नर्मदा घाटी का संबंध किससे है? लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व के नगर जो थे वो क्या थे क्या कौन से नगर थे पच्चीस वर्ष पूर्व तो यहाँ पे याँ आपको सम्मिलित करना है गारो फाड़िया आरंभिक कर्ची खां पे हुई थी तो आरम्भिक जो कर्ची हुई थी कहाँ पर हुई थी आपको सुमिलित करना है इसमें सिद्ध होता है इसकी सहायक नदियाँ जो है वो यहाँ पे घाटी नृदा घाटी यहाँ पे आखिर तथा संग्रह आखेड़ तथा संग्राह लोग रहते थे इस प्रकार से आपको जो है सुमिलित करना है यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की तीतियाँ दी गई है विशेष प्रकार की तीति यहाँ पे कुछ आपको विशेष प्रकार की तीतियाँ दी गई है पे देखो आरंभ कब हुआ था तो था। तो 8000 वर्ष वर्ष वर्ष पूर्व पूर्व पूर्व हुआ था था था जो जो जो नगर नगर थे थे थे वो वो के के गंगा मगध का का बड़ा राज्य और वर्तमान वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है ठीक है यहाँ से कुछ प्रश्न दिए गए आपको के को फिर से पढ़ो क्या इसके उत्तर क्या हो सकते हैं पुरातत्व विधुओं द्वारा पाए जाने वाले सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्र बनी हो सकती है साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विरण क्यों नहीं रखते थे साधारण स्त्री तथा पुरुष जो अपने कार्यों का विरण क्यों नहीं रखते थे इसके बारे में तुम क्या सोचते हो या आपको सोचना है और करना है ठीक है कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है यहाँ पे जो राजा है और जो किसान है उनके बारे में क्या भिन्नताएँ पाई जाती है वो आपको जो है वो पता लगाने हैं ठीक है यहाँ पे देखो राजा का जो जीवन था वो आनंदमय था ठीक है और किसान का जो जीवन था वो बहुत ही कठिन था और वो कृषि के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती थी ठीक है और कृषि पहले जो है वो बहुत ही यहाँ पे पहले जो है यहाँ वर्तमान में हमारे पास बिजली जैसे विभिन्न संसाधन मौजूद है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था तो किसान को घर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो संघर्ष करना पड़ता था तो ये आपको इस प्रकार से करना है प्रश्न एक पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ आज प्रचलित कम से कम पांच भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ कि ये शिल्पकार कै स्त्री कुरुष या स्त्री व पुरुष दोनों होते थे तो स्त्री और पुरुष दोनों ही शिल्पकार होते थे अतीत में पुस्तक के किन किन विषयों पर लिखी गई थी तो इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई है तो इनमें से कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करोगी तो ये आपको खुद खुद सोचना है और लिखना है ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है अगर आपको कुछ समझ में आया तो चैनल को लाइक करना है चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है ताकि हम इससे जो वीडियो है वो और लाते रहें और ये जो क्लास है ये जो क्लास मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो क्लास है ये क्लास यू पी सी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही उपयोगी रहेगी तो उनको ये क्लास देखनी है और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना है धन्यवाद